गुड मॉर्निंग गाइज़ अभी का टाइम हो रहा है नौ साढ़े और सुबह हो चुका है और मुझे अभी मैं तैयार हो गया हूँ पूरे तरीके से और अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी को वॉश कराना है एक फ्रेंड से मिलना है वो उसका करा नाम है वो अलग कॉलेज में है तो उससे मिलने जाना है अभी मुझे अ, उसका वो बाइक लिया था गाइज़ तो उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि थोड़ा थोड़ा कुछ इंजन से प्रॉब्लम आ रहा है वो ओल्ड बाइक लिया था तो प्रॉब्लम आ रहा था तो वो बोला कि एक दिन आओ तो मेरा तो सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं जा नहीं पाया आ, उससे मिलने के लिए तो अभी जा रहा हूँ मैं उससे मिलूँगा और फिर बाकी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसका फिर उसके साथ, उसके साथ मैं उसके साथ मैं उसी के घर तरफ फोम वास करता है बाइक का तो मैं फिर उधर जाऊँगा फोम वास करवाऊँगा बाइक का और फिर बाकी कुछ राइड्स करूँगा उसके साथ वो डालूंगा आई, तो ये देखिए पहुँच गया है करण के पास यही है मेरा दोस्त बचपन का दोस्त है मेरा और ये लिया है वो बाइक लेकिन अभी ये रखेगा नहीं ये ये एक्सचेंज एक होगा तो अभी यूज करने के लिए कुछ दिन अच्छे से सीखने के लिए कि कलकत्ता में कैसा चलाया जाता है <laughs> ये सब करने के लिए थोड़ा लिया है और बाकी फिर एक्सचेंज होके एनएस आएगा बंद कर बंद कर हमको चलाने वॉश कराने के लिए और ये भैया लगा दिए हैं अब थोड़ी देर में वॉश स्टार्ट होगा और फिर मैं ल्यूब भी अभी कर दूंगा चैन को क्योंकि धुलने के बाद ये पूरा ड्राई हो जाता है तो फिर ल्यूब करते हैं ये हो रहा है इसका फोम वॉक भैया पहले कुछ डाले वो चीज़ तो लिक्विड था पता नहीं चला वो क्या है इसके अभी ये चीज हो रहा है पूरा देखते कितना चमक रहा है अभी से थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन बढ़िया है गाड़ी न्यू हो जाता है एकदम इस से क्या दिखता है भाई भाई तो आज बहुत महंगा पड़ गया दोनों बाइक का चालान कट चुका है फाइव हंड्रेड का और अब हम लोग भरेंगे और क्या नहीं तो बाइक नहीं निकाल सकते हैं भगवान का कृपा था जो पहले मेरा चलान कट गया वरना क्या होता वो वो कोई नहीं जानता ए, एक का कटा है पोल्यूशन पे एक का कटा का है बोल सकते ओवर स्पीडिंग एक तरीके से और फिर <laughs> रेड लाइट को क्रॉस कर गया था इसलिए तो ब्लॉग को यही एंड करेंगे सोचा था खुशी खुशी करेंगे लेकिन थोड़ा दुख है लेकिन कोई चाप नहीं है आज का ट्रिप बहुत महंगा पड़ गया आज का ट्रिप महंगा पड़ा बारह सौ के लगभग का पड़ा है और साथ में अस्टिंग वगैरह मिला के हो चुका है दो हजार <laughs> ठीक है गाइस, बाय बाय <laughs>